तो पूरी हेल्थ ले गया मेरी एक हेड मार के मैं कह रहा तो भाई ऐसे होता साले सला आरपीजी आरपीजी चो यूजर कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग लगा लगा के है। लगा के है मारते क्या सोचा था आरपीजी उठा के भगवान बन जाएगा नहीं आरपीजी उठा के भगवान बन जाएगा किसी को कोई तेरे को, को मार ही नहीं पाएगा तेरे को मारा किया मैंने कहा देखो